जो अभी खाना नहीं बन रहा है कोरोना काल चल जो लिखा हुआ है कुमारी सहायक शिक्षक वो यहाँ पे भी नहीं है अभी नहीं।, अभी नहीं है तो क्या उनके यहाँ पे नाम जो नहीं लिखा हुआ है स्कूल का स्कूल का नाम इस पूरी से से शौचालय को तोड़ दिया गया है भ्रष्टाचार कोरोना काल के बाद पूरी स्कूल खुल चुकी है और मैं एक आज स्कूल में पहुंच चुका हूँ देख सकते है गौरा डावर का एक स्कूल है और ये स्कूल में मुझे आने की जो गुजारिश की थी लोगों ने कि स्कूल में आकर पता किया जाए कि आखिर हो क्या रहा है चल क्या रहा है स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं मैं लगातार हर स्कूल में विजिट करते रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि दिखाने का कि शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी सुधार आ पाए मैं इसी कड़ी में आज एक स्कूल में पहुँच चुका हूँ जो कि गौरा डावर का स्कूल है यह स्कूल में मुझे किसी तरीके का कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है कि क्या स्कूल है और इनके इसमें कितने लोग पढ़ाते हैं और इस स्कूल में सूची क्या है टीचर की सूची क्या है मैं यहाँ के लोगों से बात करके पता करूँगा कि आखिर चल क्या रहा है स्कूल में और किस तरीके के व्यवस्था है आखिर पढ़ाई हो रही है किस कितने क्लास तक पढ़ा हो रही है बच्चे क्या पढ़ रहे हैं स्कूल इस, में व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है आइए हम लोगों से बात करते हैं सर से ही बात करेंगे जो कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और उसका मैं कुछ बच्चों से ही बात करूँगा कि आखिर कितनी पढ़ाई होती है यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है खाना मिलता है नहीं मिलता है यहाँ पर मुझे एक बाथरूम में दिखा जो कि पूरी तरीके से टूटी हुई है मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे लोगों ने बताया कि इस स्कूल के बारे में भी प्लीज़ आप बताएं क्योंकि यहां पे यहां पे जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो किस तरीके से हो रही है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है तो मैं गौरा डावर के स्कूल में पहुँच चुका हूँ सबसे पहले मेरे मेरे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं मैं अभी हेड ऑफिस में पहुँच चुका हूँ प्राथमिक विद्यालय गौरा सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर और कोई भी मुझे दूसरा बोर्ड नहीं मिला है मैं कैमिन सर यस yes, देखिए मैं यहाँ पे अंदर घुस चुका हूँ सर सबसे पहले आपका नाम कुमार अजय कुमार रंजय कुमार।, कुमार तो आप यहाँ पे क्या है टीचर हैं जी टोला सोमन टोला सोमन है आप तो यहाँ पे कौन कौन से क्लास की पढ़ाई होती है जी पहली से पांचवी तक पहली से पांचवी तक पढ़ाई होती है तो यहाँ पे पांचवी क्लास तक के बच्चे मौजूद हैं जी मौजूद हैं ठीक है मैं बच्चों से पूछूंगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनीता कुमारी बी सहायक शिक्षक वो यहाँ पे भी नहीं है जी अभी नहीं है अभी नहीं है तो क्या उनकी आज ड्यूटी नहीं है यहाँ पे काश में, में है वो वो अवकाश में है पूनम कुमारी जी यहाँ पे सहायक शिक्षक है उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे हैं जी आये होते हैं अभी, अभी आयु स्कूल है।, है अभी छुट्टी ले गए सर से बात कर लीजिए सर से बात कर लीजिए अच्छा वो मिन, मिन, वो ऊपर जो नाम लिखा हुआ है मीनाजुद्दीन वो सर मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे लंच हो चुका है जी अभी टिफिन हुई थी दो अभी खाना नहीं बन रहा है कोरोना का चलते अभी खाना पे रोक लगाई हुई है सरकार में तो खाना भी नहीं बनाने के लिए बोल रही है चावल, रहा है। चावल, उसी का चावल, दिया चावल बच्चों को दिया जा रहा है वो घर में जाकर रोक खाते हैं देखिये यहाँ पे दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्या शिक्षक को पूरी तरीके से फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यदि मिल रहा है तो उसको उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है इनकी भी परेशानी हो सकती है कि क्या पता फंड इनको ना मिल पाए तो जानना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर सबसे पहले आपका नाम तो आप यहाँ के हेडमास्टर हैं, तो यहाँ पे कौन कौन कल, यहाँ पे कौन कौन क्लास के बच्चे पढ़ते हैं एक से तक है। तो यहाँ पे जो तीन सहायक टीचर मुझे दिख रहा है नाम यहाँ पे तीन लोगों को भर्ती कराया गया तीन लोगों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए बोला गया तो वो मुझे आपके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं विशेष दि अवकाश में है वो विशेष अवकाश में है तो आप अकेले पाँच क्लास के बच्चों को संभाल लेते हैं हमारे टोला सेवक अभी है आप और टोला सेवक है जो कि संभाल रहे हैं और बाकी शिक्षक से अभी नहीं है ठीक है मैं बच्चों से ही बात करूंगा करूँगा आखिर बच्चे पढ़ के आ रहे हैं बाबू नाम क्या है तुम्हारा संतान तो कौन क्लास में पढ़ते हो दूसरा नहीं। दूसरा क्लास में तो काका काका बताओ तो पढ़ के गा, गा, गा, गा, आंगा, आंगा। देखिये यहाँ पर कुछ पढ़ाई हो रही है और भी कुछ लोगों से बात करेंगे आ, क्या कौन क्लास में हो बाबू तुम पहला पहला क्लास में हो एबीसीडी बताओ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर ए Q, B, w, X, y, Z. देखो यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो रही है जो कि मैं ए बी सी डी और क्या क्या यहाँ पे बच्चों ने बताया और यहाँ पे पाँचवें क्लास के बच्चे मुझे नहीं दिख रहे हैं सर पाँचवें क्लास के बच्चे अंदर हैं ठीक है आइए मैं पाँचवें क्लास के बच्चे से बात करता हूँ कौन क्लास में पढ़ते हो बाबू तीसरा क्लास में पढ़ते हो थ्री प्लस कितना होता है मतलब तीन और पाँच जोड़ेंगे तो कितना होगा आठ आठ देखिए बच्चों की पढ़ाई हो रही है लेकिन यहाँ पे और शिक्षा की जरूरत है कौन क्लास में हो पाँच में पाँच में तो दस और पंद्रह को ऐड करेंगे तो कितना होगा पच्चीस पच्चीस देखिए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है यदि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है तो बच्चे बता रहे हैं पांचवे क्लास के बच्चे हैं बहुत सिंपल सिंपल सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि, कि हार्ड पूछूंगा तो सात बच्चे ना बता पाए मुझे आइडिया नहीं मिल पाएगा कि, कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन मुझे यहाँ पे ये यह समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग और जो बनाई गई है वो किसी तरीके का प्रॉपर नहीं बनाया गया देख सकते हैं पूरी जो बिल्डिंग है यहाँ पे ये टूट चुकी है क्या यहाँ पे फंड नहीं आ रहा है या फंड में घुसखोरी हुई है यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है यह पूरी तरीके से काला हो चुका है आखिर इस बिल्डिंग का इस साइड में जो रूम है उसका क्या महत्व है वो भी आपको बताना जरूरी है आइए मैं सर से बात करता हूं देख सकते हैं मैं बिल्डिंग का हाल दिखा रहा हूं सर यहां पे नाम जो नहीं लिखा हुआ है स्कूल का स्कूल का नाम यहां पे नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहता है स्कूल का नाम यहाँ लिखा, लिखा होना चाहिए ये वहाँ पर लिखा हुआ है जी देखिये नहीं स्कूल का नाम बीच में मध्य विद्यालय लिखा होना चाहिए स्कूल का जो पोतिया है क्योंकि जब भी स्कूल कहीं पे बनती है तो उसको पूरी तरीके से इसे जो है वो रंगा जाता है स्कूल को स्कूल का नाम लिखा जाता है पेंसिल बनाया जाता है पूरे से शुरू से लास्ट तक जो बना के गया है ना वो अधूरा करके मैंने चल गया है बना के गया है तो क्या उसको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब आप से बनना चाहिए बनना चाहिए तो आपने इसके लिए आवाज उठाई है कि बनना चाहिए उन्होंने फोन किया है? के सब दे दिया गया है लेकिन अभी तक के कोई फंड नहीं आया इसलिए नहीं देखिए अभी तक फंड नहीं आया है और यहाँ पे जो भी फंड आया है, है, है। चलिए मैं बच्चों से बात किया मैं संतुष्ट हूँ की बच्चों ने आपका जो है वो सवाल का जवाब उन्होंने दिया लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है यहाँ पे सहायक टीचर मुझे नहीं दिखा जो की दो टीचर यहाँ पे नहीं थे बाकी एक सर सिर्फ मौजूद है बच्चों ने क्या पढ़ा वो भी मैंने आपको बताया इसके साथ साथ मैं और भी कुछ शौचालय कि नहीं दिख रहा है कि आखिर शौचालय जो बनाई गई है देखिए इज्जत घर लिखा हुआ है मंदिर, मन का मंदिर तन का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ शौचालय का हाल किस तरीके से शौचालय यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे देखिए यह है पहला शौचालय जो कि होती है महिला महिला यहां पे जाती है शौचालय देख सकते हैं गेट को तोड़ दिया गया है और यहां पे पूरी तरीके से इसे भर दिया गया है देखिए कितना अच्छा यहां पे लाइट तक की व्यवस्था की गई है लेकिन इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है आइए दूसरी शौचालय यह भी महिला के लिए बनाया गया देखिए किस तरीके से पूरी शौचालय को तोड़ दिया गया है भ्रष्टाचार पूरी तरीके से वह देख सकते हैं किस तरीके से यह पूरा डोलन डोल हो चुका है यहाँ पे टाइल्स तक लगाई गई है हमें नहीं लगता है कि दस दिन भी ये शौचालय यूज हुआ होगा क्योंकि जिस तरीके से इसे तोड़ दिया गया है पूरे जो मकान है वो अभी तक साफ दिख रहा है लेकिन ये सब कुछ तोड़ दिया गया है इसमें पानी की व्यवस्था बंद कर दी गई है पाइप देखिए सब तोड़ताड़ दिया गया है ये देखिए गेट का हाल यहाँ पे यहाँ पे बना तो दिया जाता है लेकिन उसे सुरक्षा नहीं की जाती है उसको देखभाल नहीं की जाती है ये देखिए पुरुष के लिए बनाया गया है ये पूरी गेट को देखिए तोड़ दिया गया है साथ इस तरीके का यहाँ पे यहाँ पे देखिए इंग्लिश लाइटिंग भी बनाया गया है यहाँ पे इंग्लिश लाइटिंग भी बनाया गया देख सकते हैं इंग्लिश लाइटिंग तक बैठा दी गई है क्योंकि लोग जो हिंदी में नहीं जाए कम से कम इंग्लिश में चले जाए लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है सब कुछ ये बंद हो चुका है सुरेंद्र सिंह भोगता ये सहयोग से इनको ये बनाया गया स्वच्छता अभियान की जो है धजिया उड़ा दी गई है यहाँ पे मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ कि हर पॉजिटिव नेगेटिव खबरों को आपको दिखाता रहूँ मुझे इस स्कूल में आकर ऐसा समझ आया कि बच्चों जो पढ़ रहे हैं बेसिक सवाल का जो है जवाब वो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं हैं जो टीचर हैं वो आज छुट्टी पे हैं अब उसकी जांच होनी चाहिए मेरा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा यदि यूट्यूब को देख रहे हैं तो यूट्यूब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं प्रकाश अग्रवाल फ्रॉम बिहार जंक्शन जय हिंद